दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर पहले, मिल सके। तो आपको आज पहले से मिलने वाली है इक्कीस चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे क्या वो इक्कीस चीजें है जो बदलाव लेकर के आएंगी जो आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी तैयार है आप सभी लोग बहुत बढ़िया आइए एक एक करके बात करते हैं सबसे पहली खुशखबरी जो हम सब लोगों के लिए है पहली चीज की अभी हमारी जो प्रोडक्ट गैलरी है जो पहले दो हुआ करती थी अब दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट गैलरी कर दी गई है इसका मतलब यह है कि पहले हमारे दो तरीके के प्रोडक्ट रहते थे एक कुछ प्रोडक्ट रहते थे जिन पर फर्स्ट बाई लिखा रहता था और कुछ प्रोडक्ट होते थे जिनपे रीसेल लिखा रहता था तो कोडवर्ड तो हम सब लोग जानते ही थे कोडवर्ड क्या था कोडवर्ड ये था जिसपे फर्स्ट बाई लिखा है उस पर सिंगल कमीशन है और जिस पर रीसेल लिखा है उस पर डबल कमीशन है मतलब वो ट्रिपल सी में भी काउंट होगा तो अब क्या है कंपनी ने वो ऐसा कोई भी चक्कर रखा नहीं है आप कोई भी प्रोडक्ट जो फर्स्ट वाई में है उसे आप रीसेल में ले सकते हो रीसेल वाले को आप फर्स्ट वाई में ले सकते हो क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक ही सेम कैटेगरी हो जाएगी कोई भी प्रोडक्ट जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का नहीं रहेगा वो सेम एक ही कैटेगरी का रहने वाला है चाहे वो एक बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के वो चाहे सौ बिजनेस वॉल्यूम का हो चाहे वो हजार बिजनेस वॉल्यूम का हो हर प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में अकाउंट होगा तो ये हमारे लिए कंपनी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है ये अभी तक हम लोगों का ये फोकस डायवर्ट होता रहता था हरी मिर्च और लाल मिर्च वाला कि पहले हरी मिर्च के, लाल मिर्च बो लालच बो ये लोग रीसेल पे फोकस करते थे तो उनका फर्स्ट बाई डाउन हो जाता था फर्स्ट बाई पर फोकस करते थे तो रीसेल डाउन हो जाता था तो कन्फ्यूजन रहता था अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी बढ़िया दमदारी के साथ में आप कुछ भी बेचो आपका जिधर मन करे वो बेचो आपकी कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि कैटेगरी एक हो चुकी पहली चीज दूसरी चीज आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो अब हमें हर बिजनेस वॉल्यूम पर डबल पे मिलेगा अभी तक कुछ ऐसे बीबी जाते थे 90 परसेंट बिजनेस वॉल्यूम हमारा वो जाता था जिस पे हमें सिंगल पे मिलता था जो फर्स्ट वाई में जाता था हमारा बल्क वॉल्यूम वही जाता था लेकिन अब क्या होगा कि अब जहां पर भी बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है चाहे वो फर्स्ट बाई में जाए चाहे रीसेल में जाए तो वो आपको हर एक जगह पर डबल पे आउट दिलाएगा इट मींस आपको पेयर इनकम भी मिलेगी और उसी सेम बिजनेस सेमस्यूम पे आपको उतने ही फायदे ट्रिपल सी में भी मिलेंगे तो जितने बेनिफिट आपको फर्स्ट बाई में मिले उतने ट्रिपल सी, सी इन द सेंस आपको ट्रिपल सी के बेनिफिट क्या क्या रैंक इनकम जो ई इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं इसके अलावा आपको ट्रिपल एंड एंडोमेंट डायमंड एंडो को एसीपीसी इनकम सारे के सारे बेनिफिट उस पर एप्लीकेबल होंगे वो सारे के सारे बेनिफिट आपको हरेक बिजनेस वॉल्यूम पे मिलेंगे इसमें ये पूछने की बात नहीं है कि हल्दी पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीरा भा पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा हरेक पे मिलेगा हर एक पे मिलेगा जिसमें एक बिजनेस वॉल्यूम भी है उस उसमें भी मिलेगा क्लियर है सभी को तीसरा पॉइंट है, है कि अवीक हमारी जो वीकली कैपिंग थी जो दो लाख रुपए हमें फर्स्ट वाइज से मिलता था और दो लाख रुपए हमें रीसेल से मिलता था वो कंटिन्यू रहेगी बरकरार रहेगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं है उसमें जरा सा भी कई लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी थी कि कंपनी अगर हमारा कमीशन बढ़ाती है नीचे के लोगों का कमीशन बढ़ाएगी तो ऊपर वाले लोगों की कैपिंग कम कर सकती है लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमारी जो कैपिंग थी दो लाख रुपए की फर्स्ट बाई में दो लाख रुपए की रीसेल में वो एजिज है हम आठ लाख रुपये महीने उसमें फर्स्ट बाई में आठ लाख रूपये रीसेल में मिलाकर सोलह लाख रुपए की कैपिंग एजिटीज हम लोग ले सकते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं है तो बढ़िया दमदारी के साथ में, में बेनिफिट मिलेगा अब यहाँ दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अब रीसेल कौन सी होगी तो जो पहला ऑर्डर बनेगा वो फर्स्ट बाई और जो सेकेंड ऑर्डर बनेगा पहला ऑर्डर बनने के बाद जो भी ऑर्डर आपका बनेगा वो रिसेल में काउंट होगा आपने किसी भी बंदे को ज्वाइन कराया और उसने पहला इनवॉइस जो जनरेट किया वो पहला इनवॉइस फर्स्ट बाई में चला जाएगा उसके बाद जो भी सेकंड इनवॉइस जनरेट होगा उस आईडी पर वो सेकंड इनवॉइस जो होगा वो रीसेल में काउंट होगा तो फर्स्ट बाई पे आपको दो लाख रुपए और रीसेल पर दो लाख रुपए एज इट कैप, इज कैपिंग आपको लगातार मिलेगी तीसरा जो बेनिफिट है आपको जो मिलने वाला है वो फ्रेशल लेवल पर लेवल पे साल भर की जो क्वालिफिकेशन अभी तक हमारी कंपनी ने 25 बिजनेस वॉल्यूम की रखी थी सॉरी 25 बिजनेस वॉल्यूम की रखी थी अब उसको घटा करके 5 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया है। आ, अभी तक हम लोगों को आ, आ, वो भी विंडो में कराते थे तो उसको भले वो कोई लेवल अचीव करे ना करे लेकिन एक साल बाद अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए अपनी आईडी से रिसलिंग करना जरूरी था और वो 25 बिजनेस वॉल्यूम की करना जरूरी था तो कई लोग जो फ्रेशर रहते थे खासतौर से उनका ये एक्सक्यूज रहता था कि जब मैंने यहाँ से कुछ कमाया नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ लगाऊ क्यों मतलब वो कहीं ना कहीं परचेज करने के लिए तैयार नहीं होते थे और उनकी आईडी डीएक्टिव हो जाती थी तो हम उनको खोल के दिखा भी नहीं पाते थे कि आपकी आई के नीचे कितना बिजनेस जा चुका है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपकी आईडी बढ़िया दमदारी के साथ पांच बिजनेस वॉल्यूम से एक्टिव हो जाएगी जो बहुत ही नॉर्मल है और मुझे लग रहा है इसकी अगली खुशी और ज्यादा दमदार आपको लगेगी कि वो पांच बिजनेस वॉल्यूम खरीदने से भी दो साल के लिए आईडी जो भी व्यक्ति है आज अगर उसने ज्वाइनिंग ली तो उसको अभी दो साल बाद उसको मतलब अगर वो फ्रेशर बना रहेगा तो पांच बिजनेस वॉल्यूम की आई शॉपिंग करनी है समझ रहे फिर से उसकी दो साल के लिए एक्टिव हो जाएगी मतलब पूरे चार साल के कैरियर में ज्वाइनिंग लेने के बीच में बस सिर्फ एक बार पांच वोलियम की लेगा तो चार साल तक उसके एक्टिव रहने वाली है तो आप ये समझ लीजिए ये फैसिलिटी कंपनी ने हम लोगों को दे दी है तो जो लोग भी पुराने हैं उनको जिनको मतलब जिनकी इनकम लैग में मिनिमम सात की टीम नहीं बनी है वो फ्रेशर ही रहते हैं सात की टीम बनने के बाद वो ब्रॉन्ज हो जाते हैं तो अभी यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ब्रॉन्ज एंड टाइप के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड पर्ड जो भी हमारी प्लैटिनम अदर रिक्नेशन है हमारी उनकी आईडी एक्टिव करने की क्वालिफिकेशन एजिटीज रहेगी जैसे पहले थी एक बिजनेस वॉल्यूम शुरू की तीन रिक्नेशन के लिए था फिर दो बिजनेस वॉल्यूम उसके आगे की तीन रिकोगशन के लिए था वो सेम एजिटीज रहने वाला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है वो एजिटीज ही रहेगा न बढ़ाया है न कंपनी ने घटाया ऑलरेडी वो मिनिमम पे है उससे ज्यादा मिनिमम नहीं किया जा सकता एक चीज ध्यान रखनी है वो आपको महीने के महीने शॉपिंग करना है कंपनी ने उसमें आपको एक बार में शॉपिंग करके एक क्वार्टर के लिए आपकी आईडी एक्टिव कर सकते हैं आप तीन के गुणांक में अगर आप शॉपिंग करेंगे जैसे किसी व्यक्ति की आईडी के एक्टिवेशन क्वालिफिकेशन एक बीबी -बी है अगर वो तीन बीबी -बी की शॉपिंग कर लेता तो तीन महीने के लिए उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी ऐसा नहीं है कि वो दस बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करेगा तो दस महीने के लिए हो जाए मैक्सिमम एक बार की शॉपिंग में आप तीन महीने के लिए अपनी आईडी को एक्टिव रख सकते तो आपकी कुल मिलाकर के कहने का मैसेज यह है वेबसाइट पे हरकत जारी रहनी चाहिए जो भी ब्रोंज ब्रज है कंपनी ये चाहती है आप कंपनी से जुड़े रहें और उस पर अपनी जो भी है शॉपिंग बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं रखा है कंपनी ने लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहनी है बताते रहना है कि मैं जिंदा हूं ठीक है तो छठवा बेनिफिट जो कंपनी हमें दे रही है अभी आगे से हमें ट्रिपल सी की रैंक इनकम के लिए जो हम लोगों को बेनिफिट लेने के लिए सौ बिजनेस वॉल्यूम जो ज्वाइनिंग के टाइम होना चाहिए वो एजीज रखा है कंपनी ने अभी तक भी हम लोग जो भी बंदे को ज्वाइन कराते थे तो ट्रिपल सी में बेनिफिट लेने के लिए सौ बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम होना जरूरी था तो कंपनी ने उसको अभी भी एज रखा है लेकिन उसमें एक फीचर एड कर दिया है कि उसमें टॉपअप फैसिलिटी आपको मिल जाएगी आप उसे ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सौ बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत करें आप बाद में भी उसको मैं टॉपअप कर सकते हैं किसी व्यक्ति ने अगर अभी 50 बिजनेस वॉल्यूम से तो ज्वाइनिंग ली है तो वो उसे 15 दिन में एक महीने में फिर से 50 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करके अपने आप को टॉपअप कर उसमें ला सकता है और जैसे ही अंड्रेड बिजनेस वॉल्यूम पे उसका आ जाएगी आईडी तो वो ट्रिपल सी के बेनिफिट लेने के लिए उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी एक चीज समझनी है कि अगर कोई व्यक्ति पांच बिजनेस वॉल्यूम से भी ज्वाइनिंग ले रहा है Yes. तो वो फर्स्ट फाइ के और रीसेल के पेर इनकम के दो दो लाख रुपए की दोनों मेथड में कैपिंग लेने का हकदार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब तक 100 बिजनेस वॉल्यूम से उसकी तो हो जा भाई। आ, आ, फायदे नहीं मिलेंगे तो इससे एक बेनिफिट ये भी है की अब हमारी टीम में जो भी ज्वाइनिंग होगी वो एवरेज सेल सौ बीबी की तो आएगी ही आएगी इससे नीचे नहीं आएगी ये बेनिफिट हो गया हम लोगों को और जिनकी की आईडी कैपिंग पर है उनको भी अभी दो लाख से चार लाख की कैपिंग करना भी आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी टॉपअप की जो सेल जाएंगी वो आपकी कहीं ना कहीं रीसेल में काउंट होंगी तो आपको दो से चार लाख की कैपिंग करना भी इसकी वजह से आसान हो जाएगा अलग से प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा टीम की जो रिपर्चेज होगी वो अलग है ये सिर्फ टॉपअप वाली से भी आपकी टीम में एक साइकिल बन जाएगा कि हर हफ्ते पुरानी जो आईडी होंगी उनका टॉपअप होता रहेगा और उसका बेनिफिट आपके लिए एड होता रहेगा तो ये बहुत शानदार फैसिलिटी हमारी कंपनी ने दी है कि मिनिमम स्टार्ट करने के लिए आपको एक बिजनेस वॉल्यूम से भी शुरू कर सकते हैं आपकी चॉइस है अगर आप सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हंड्रेड बिजनेस वॉल्यूम से शुरू करना है सातवा फायदा जो हमारी कंपनी ने हम लोगों को दिया है कि रिपर्चेस के जो भी अधिकांश प्रोडक्ट है उनपे बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने बढ़ा दिया है बीस तक बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिया है मतलब जिस प्रोडक्ट पे सौ बिजनेस वॉल्यूम थे अब उस पर एक सौ बीस वॉल्यूम मिलने लगेंगे तो हमारे तो दिमाग में एक चीज आती है कि रेट तो नहीं बढ़ा लेकिन कंपनी ने रेट बढ़ाया नहीं बल्कि मेंटेन भी नहीं रखा बल्कि उससे भी कम कर दिया हर जो तो भी आपका प्रोडक्ट है रीसेल के प्रोडक्ट में क्या क्या आते थे हमारे बहुत ही कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है टू टूथ पेस्ट है साबुन है नोनी है तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट पे अभी और पैसे कम होकर के आने वाले तो अभी जो दूसरी कंपनियों से कंपेयर करने बीबी बढ़ जाएगा तो हम कंपेयर करने में हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी हमारी टीम लोगों को बता पाएगी कि हिंदुस्तान के सबसे सस्ते सबसे अच्छे और सबसे अच्छे बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट से बहुत बड़ा फीचर है बहुत बड़ी दरिया हमारी कंपनी ने दिखाई है क्योंकि तो ज्यादा रेट पे हम ऑलरेडी बेच रहे थे तो उसपे कम करना ऐसा पहली बार हमने देखा है उस पर कम हो रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात और आठवां फीचर जो कंपनी ने ऐड किया है वो बुलसाई के बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के किया है तो बुलसाई जो भी हम लोग लेते हैं बुलसाई का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि एक ही व्यक्ति को सारा कमीशन जाता है बाकी लोगों को उसमें कुछ नहीं मिलता पहले उसमें हम लोगों को मिलती थी। तो वो भी ने क्या है जो व्यक्ति बुलसाई ले रहा है जो मेहनत कर रहा है पैंतीस सौ की बुलसाई पैंतालीस में कर दी कंपनी ने तो अब लेकिन क्या है कि बाकी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते कई बार बुलसाई प्रमोट करने में लेकिन अब आपको बुलसाई प्रमोट करने में मजा आएगा क्योंकि बीच में कुछ समय ऐसा था कि जब बुलसाई जिस आईडी पर लेते थे वो टारगेट में भी काउंट नहीं होती थी लेकिन जिस आईडी पर अभी बुलसाई लगेगी वो टारगेट में भी काउंट हो रही है वो आपकी रैंक में भी काउंट होगी और आपकी रिकोगशन में भी काउंट होगी के अभी क्या थी तो है कि 200 बिजनेस वॉल्यूम से कोई भी बंदा अगर बुलसाई ले रहा है तो 4500 का चेक तो उसको मिल जाएगा लेकिन आपके भी सारे बेनिफिट में टारगेट में रिकॉग्नेशन में और ट्रिपल सी में आपके लिए 200 के 200 बिजनेस वॉल्यूम एज इट इज काउंट हो जाएंगे आप समझ रहे हैं एड yes, कर दिए तो यहां पर आपको समझ लेना है कि बुलसाई लेने के लिए आपके लेफ्ट साइड दो सो बिजनेस वॉल्यूम से क्लियर होने चाहिए उसके बाद आप चाहे जितने बिजनेस वॉल्यूम पे बुलसाई ले सकते हैं 200 पे ले सकते हैं ढाई पे ले सकते हैं 300 पे ले सकते हैं 400 सौ बिजनेस वॉल्यूम तक मतलब 9000 का चेक भी एक रेफरेंस देके आप बना सकते हैं कंपनी ऐसी फैसिलिटी हमें देती है आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी सेल के ऊपर निर्भर करता है चार से ऊपर आप पांच का या छह का कोई भी रेफरेंस आप लगाएंगे बेनिफिट नौ का ही कंपनी आपको देगी तो इसलिए आपको दो से लेकर चार के बीच में जितने से आप बुलसाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं तो आपको दिलाने में भी मजा आएगा क्योंकि आपको उतने ही बिजनेस वॉल्यूम जितने उसको बेनिफिट मिल रहा है उतने आपको भी मिल रहे हैं yes. टारगेट में भी मिल रहे हैं रिकॉग्नेशन में भी मिल रहे हैं और आपके ट्रिपल सी में भी मिल रहा है है तो जिसमें से जूस निकल चुका है उसमें से भी हमारे लिए जूस बचा है अभी आता है ना yes. <laughs> अभी डायमंड एंड के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है अभी कोविड का टाइम चल रहा है इस वजह से कुछ लोगों की सेल डाउन हुई थी कुछ कई सारे लोगों की उथल पुथल हुई जिसकी वजह से उनकी मंथली जो उनका जो क्वालिफिकेशन था चार हजार बिजनेस वॉल्यूम का ये लोग तो उसको पूरा कर पा रहे थे लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कई लोग नहीं कर पा रहे थे तो उनका ख्याल रखते हुए खास तौर से कंपनी ने जो लोग संघर्ष कर रहे इस समय में एक चीज का आपको मौका दिया एसी इनकम जो हमारी कंपनी देती है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट होता है जिन रैंक को जो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता था लेकिन कंपनी क्या कर रही है उसको डायमंड एंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो जल्दी से डायमंड बनने के आप होनी चाहिए तो उस पैसे को कंपनी डायमंड एंड को देती है तो उसके लिए कंपनी ने कुछ कंडीशन रखी हुई है कि डायमंड को मिनिमम महीने का छह का चेक बनाना जरूरी है और इसके अलावा कंपनी ने दूसरी कंडीशन ये रखी है कि डायमंड की चार बिजनेस वॉल्यूम जानी चाहिए चाहे लंबी ले जाए लेकिन मिनिमम चार हजार बिजनेस वॉल्यूम उसके होने चाहिए कंपनी ने उसमें भी अभी बढ़िया डिस्काउंट दे दिया है अब वो बारह सौ बिजनेस वॉल्यूम से भी एक्टिव क्वालिफाई रहेगा और चेक के लिए भी कंपनी ने डिस्काउंट दिया है उसके लिए भी आपके आईडी पर आ जाएगा छह हजार का जो चेक था उसके हिसाब से अठारह बनता था तीन महीने में उसे घटा के बारह कर दिया है और उससे आप तीन महीने तक एसी इनकम के बेनिफिट ले पाएंगे तो इस तरीके से आपको कुल मिला कंपनी जो भी हमारे डायमंड बन गए हैं और वो किसी भी कारण से संघर्ष कर रहे हैं कंपनी उनके साथ खड़ी है उनको एसीपी इनकम देती रहेगी जिससे अपने आप को और अपनी टीम को बढ़िया मेंटेन रख सकते हैं जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं लगी उनको भी पेंशन मिलने का अधिकार मिल गया है जो आदमी सरकारी नौकरी में एक लाख की तनखा दरोगा जी की रहती है उनके दरोगा जी की जितनी पेंशन होगी उतनी पेंशन अभी हमारा डबल डायमंड आराम से कर रहा तो तो है तो फीचर है और उसमें भी क्वालिफिकेशन कम कर दिए कंपनी ने अब सिल्वर से लेकर के डायमंड बनने तक मतलब ओपल लेवल तक कंपनी आपको सिल्वर से लेकर के ओपल तक एश्योर्ड ट्रिप देगी आपकी जब जब रिकॉग्निशन मतलब रैंक सेकंड से लेकर के नाइन्थ रैंक तक जो जो रैंक आपकी बनेगी उस हर एक रैंक पर या यू कहें कि 11 तारीख के बाद जो भी सिल्वर बनेंगे और उनको ओपल तक डायमंड बनने से पहले तक उनको हर लेवल पर एश्वर ट्रिप मिलेगी कई लोग पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब तरह की मिलेंगी डोमेस्टिक भी होंगी और इंटरनेशनल भी होंगी और लेवल तो के हिसाब से अब जो हमारे नई ज्वाइनिंग होंगी उनको लेवल के हिसाब से बाइक खरीदने के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए और कार खरीदने के लिए भी चेक मिलेंगे बढ़िया दमदार मोटे मोटे तो उसका तो फंड का नाम ट्रिपल एंड कार एंडोमेंट है वो आपको सिल्वर लेवल से मिलना शुरू हो जाएगा और उसके आगे आपको प्लेटिनम पे गोल्ड पे और पर्ल पे ऐसे करके आपको लगातार हर लेवल पे मिलता जाएगा और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वो अमाउंट का साइज भी बढ़ता जाएगा जा भी, तो लोग हमारे टारगेट नहीं जीत पाते थे तीन महीने में सिल्वर नहीं बन पाया तो उसको मौका नहीं मिलता था अब ऐसे लोगों को भी अब कंपनी मौका देगी जो छह महीने में भी सिल्वर बनाया वो भी गोवा जा सकता है और बढ़िया समुन्द्र में नहा के नमकीन हो सकता है वो ये बढ़िया कंपनी ने पिक्चर एड कर दिया दमदार वाला अब इसका फायदा लेंगे और पूरी टीम में दमदार प्रमोशन करेंगे होती रहनी भाई दे, दे, दे। ट्रिप बढ़िया दमदारी के साथ में मिलेगी अभी क्या है हमारे कई सारे डायमंड ऐसे होते हैं कि जो भी उनकी पेयर इनकम आती है वो साथ ही साथ खर्च हो जाती है रैंक तो होती नहीं थी तो उसका तो कोई फायदा नहीं था अब लेकिन आपकी जो पेयर इनकम है वो तो आपको मिलेगी खर्चा चलाने के लिए आपकी रैंक इनकम है वो आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए मिलेगी लेकिन आपको घूमने फिरने के लिए कंपनी एसीपीसी फंड देती है जो एक डायमंड को अगर हम देखेंगे तो साल में लाखों रुपए में बैठता है वो और वो लाखों रुपए से वो पैसा जो है डायमंड से पहले कार एंडोमेंट के रूप में मिल रहा था डायमंड के बाद में मिल रहा है के रूप में yes. तो अब अगर बंदे को लाखों रूपये मिले तो वो पैसा जो मिल रहा है वो कंपनी कहीं ना कहीं आपको एंजॉय करने के लिए दे रही है तो उसको आपको अपनी फैमिली पे और अपनी टीम पे और अपने आप पे खर्च करना है खुद को रिवार्ड देने के लिए खर्च करना है तो हर साल आपके लिए मौका है कि आप लंदन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की ट्रिप कर सकते हैं आपको हर साल पैसा देगी जो तो डायमंड अभी तक विदेश नहीं जा पाते थे अब वो विदेश जा पाएंगे उनके लिए मौका है और वो भी फिर फैमिली जा पाएंगे और मौका रहेगा धंधा होंगे तो तो ये वाले सारे बेनिफिट दे दिए तो हमारा वो तीन महीने वाला जो हमें टारगेट मिलता था उसका क्या होगा वो टारगेट एज ए चीज रहेगा एज चीज आपको जो बेनिफिट मिलते थे देश विदेश की यात्राएं लैपटॉप मोबाइल जो मिलते थे टैम मिलते थे वो टाइम टू टाइम कंपनी जैसे भी अपडेट करती रहेगी आपको हर तीन महीने का टारगेट ऐसे ही मिलता रहेगा आप अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखाते रहिए टारगेट जीतते रहिए और अपनी टीम में टारगेट जीताते रहिए बेनिफिट सेम है टारगेट जीतने से ही हमारी टीम तरक्की करेगी और हमारा अल्टीमेट फोकस जो है वो टारगेट पर होना चाहिए जिसकी टीम में ज्यादा टारगेट होंगे उनकी रैंक भी ज्यादा होंगी उनको एसी भी ज्यादा मिलेगा ट्रेवल एंड कार एंडोमेंट भी ज्यादा मिलेगा। ये बेनिफिट है सोने पर सुहागा चेरी है तो इसको छोड़ना नहीं है इसको जरूर हमें फायदा लेना है तेरहवा फायदा जो हमें कंपनी हमें दे रही है अब फर्स्ट परचेज में जहां 200 सौ बिजनेस वॉल्यूम था वहां अब हम लोगों को 300 सौ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा डेढ़ो प्लस भाई जोर दार, जोर दार। आ है गया कंपनी में धुआं धुआ खजाना खुल गया माघी फर्स्ट बाई में ही नहीं रीसेल में भी दो सौ की जगह तीन सौ हो गया है ये भी आप नोट कर लो बाई रीसेल में जाएगी तो क्या 200 का 200 ही मिलेगा नहीं रीसेल में भी जाएगी तो 200 की जगह तीन सौ ही मिलेगा खास बात ये है कि अब रीसेल में भगवत गीता भी बेच सकते हो रीसेल में आप अन्य कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो तो हर एक प्रोडक्ट जो अभी तक हमारा बर्तन हो भगवत गीता हो सूट हो साड़ी हो उस हर प्रोडक्ट पे दो बिजनेस वॉल्यूम की जगह तीन कर दिया है हर एक उस पर कंपनी ने उसको इंक्रीज कर दिया तो ये मिलेगा कैसे दिखेगा कैसे अभी आपको इसमें 150 तो सामने फ्रंट से दिखेगा 150 हिडन रहेगा जैसे नोनी पे दिखता था नोनी पे हम लोगों को 10 बिजनेस वॉल्यूम सामने दिखता था और 10 बिजनेस वॉल्यूम हिडन रहता था अब सेम ऐसे ही भगवत गीता संपूर्ण अनुमान सब पे 150 हमें फ्रंट में दिखेगा और 150 हिडन रहेगा हिडन वाला कहा डेढ़ सौ वाला कहाँ दिखेगा दूसरा डेढ़ जो है वो ट्रिपल सी में दिखेगा की पेर आपको मिल जाएगी और रेट उतने ही रखे ऐसा नहीं है भगवदगीता मैगी हो जाएगी या इसका कोई भी प्राइस बढ़ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाया कंपनी ने बल्कि अपनी तरफ से बिजनेस वॉल्यूम ऐड करके हम लोगों के लिए ये फायदे बढ़ा दिए तो फायदा जो हम लोगों को मिलने वाला है अब रिक्नेशन और रैंक दोनों सेम चलेंगी जून के बाद जो लोग भी ज्वाइन होंगे उनकी जो भी रिकग्नेशन होगी सेम उनकी रैंक होगी क्योंकि जितना बिजनेस बोले उनकी रिकोग्नेशन में काउंट हो रहा उतना ही उनका रैंक में भी काउंट होगा तो जैसे ही बंदा अगर ब्रांज बनेगा तो ब्राउंड बनते ही उसको पहला चेक सात का अलग से मिलेगा गिफ्ट के रूप में और सिल्वर अगर कोई भी तो पच्चीस का तो वो चेक लेता है भुलसाई लेता है और प्लस चार सौ रुपए का वो जो है डायरेक्ट रेफरेंस का पैसा मिलता है उसको प्रिफर्ड कस्टमर रेमुनेशन के रूप में तो अगर हम लोग इसको देखेंगे करीबन करीबन तीस हजार रुपए नौ सौ रुपए की इनकम उसकी होती है जो अभी हमारा सिल्वर बनता है बन बन रेशियो से और अगर कोई टू के रेशियो से सिल्वर बनता है तो उसकी इनकम सत्रह और पांच इक्कीस हजार नौ सौ रुपए की होती है सही है यस अब लेकिन जो भी बंदा हमारा सिल्वर बनेगा सिल्वर बनते ही क्या होगा उसको फर्स्ट रैंक का प्लस सेकेंड रैंक का प्लस कार एंडोमेंट का कार एंड एंडोमेंट का यह तीन इनकम उसको और मिल जाएंगी तो अगर मिनिमम से मिनिमम भी मैं इनको काउंट करता हूं तो सिल्वर बनते ही उस बंदे को पच्चीस रुपए उसको और मिल जाएंगे yes, smart, और तो yes, ये आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि अभी इनकम हमारी डबल हो गई है आप टोटल किसी भी लेवल पे करके देखिएगा आप जितना पैसा डायमंड कमाता था उतना पैसा रूबी लेवल पर आपको आ चुका होगा तो पचास लाख की इनकम आपकी डायमंड लेवल पे बैठती थी वो अब आपको रूबी लेवल पे ही आपको उतनी इनकम दिखेगी तो अब ये ये हम सब लोगों के के लिए खुशखबरी है मतलब फ्रेशर से लेकर यूनिवर्सल क्राउन डेमेस्टर तक रिफ्लेक्ट होगी सबको फायदा है इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई मुझे क्या फायदा सबको बेनिफिट है और खासतौर से नीचे वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है उसके बाद प्लेटिनम बनेगा प्लेटिनम बनते ही म बनेगा तो उसको जो इनकम आएगी टोटल पिछहतर हजार रुपए की इनकम आती है हमारे को और उसके साथ में ही पचास हजार रुपए ऑलरेडी उसको और मिल जाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा और उस वो चालीस पचास हजार का चेक दिखाएगा फाट नहीं देगा वो लोगों की झापा हो जाएगा स्टेज पे 80 नब्बे हजार रुपए का चेक लेके खड़ा होगा तो तो देगा वो, वो हमारा तो पर्ल जो बनेगा वो दो लाख का चेक लेके खड़ा होगा आगे अगर रैंक सेम चलेगी तो जो आपको ये बहुत बड़े बेनिफिट के रूप में दिखेगा आने वाले टाइम में और कंपनी बोल रही है अब मैच इनकम मैचिंग इनकम से खर्चे चलाओ और रैंक इनकम इनकम से करो। भी भी। भी। आपको जो भी में जो पैसा आ रहा है आप उसे अपने खर्चे चलाते रहो जो साथ ही साथ आता है वीकली क्रेडिट होता रहेगा और आपकी जो लेवल इनकम होगी रैंक इनकम होगी महीने के एंड में आपको मिलेगी और महीने के एंड में जो मिलेगी वो एक मुफ्त मिलेगी इकट्ठा पैसा आएगा ये समझ रहे इकट्ठा आएगा सात हजार बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार जो भी आएगा एक इकट्ठा अमाउंट मिलेगा तो ये आपको आपके ड्रीम फुलफिल करने के काम आएगा लैपटॉप लेने के बाइक लेने के कार लेने के प्लॉट लेने के ये सब चीजों के काम आने वाला है आपका चुन चुन के आप एक ड्रीम को आपको पूरा चुन यस में फायदा ये है कि अब कोई भी व्यक्ति जो नया व्यक्ति है वो डायरेक्ट रेफरेंस अगर तीन रेफरेंस देता है तो उसको उनसठ रुपए का तो चेक मिलेगा ही मिलेगा साथ में उसकी 600 बिजनेस वॉल्यूम ट्रिपल सी में भी काउंटिंग हो जाएगा तो अब नया बंदा जो आ रहा है जूस तो उसने पहले ही निकाल लिया उनसठ रुपए का चेक लेके लेकिन 600 बिजनेस वॉल्यूम उसके रिफ्लेक्ट करेगा ट्रिपल सी में तो ये बहुत बड़ी बात है वो जल्दी से अपनी रैंक अचीव कर पाएगा तो वो दिखा पाएगा कि भाई मैंने इतने रुपए का चेक ले लिया और इतना अभी मेरा बैलेंस में तो बैलेंस जो होता वो मोटिवेट करता है करता है कि से लेकर के पंद्रह हजार के बीच में हम प्रोडक्ट का, का फायदा लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि जो अभी तक हम 400 का लेने के लिए उन्नीस से बीस हजार रुपए में हमारा कॉम्बो बनता था और इससे एबम में ही बनता था अब वो तेरह हजार से पंद्रह हजार में ही हम फायदा ले पाएंगे 200 सौ बिजनेस वॉल्यूम हमें मैचिंग में मिल जाएगा और 200 बिजनेस वॉल्यूम हमारा ट्रिपल सी में काउंट हो जाएगा तो अब हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान में सबसे कम पैसे में सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारी कंपनी देती है और वो भी सबसे यूजफुल देती है यूजफुल प्रोडक्ट दे रही है सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट दे रही है कोई कूड़ा कवाड़ा कोई ऐसी दवाई गोली कि बच्चे पैदा कर लो ज्यादा या ऐसा कर लो जिससे साला गधा सला गए घोड़ा ऐसी चीज़ दे रही है जो बढ़िया सूट है साड़ी है बर्तन है डिनर सेट है ऐसी भगवद गीता संपूर्ण गुरु जी नोनी घी दे रही है घी घी प्यार बिल्कुल घी देसी घी बिल्कुल एकदम तो इसका हम लोग बहुत अच्छे से इसका मार्केटिंग करेंगे इसकी झापा कर देंगे गुरु जी पूरा 13000 से 15000 में 400 बीबी का बेनिफिट दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे रही हमारी कंपनी दे रही है। अठारह में फायदा है कि आप फर्स्ट बाई और रीसेल में इकट्ठा कॉम्बो पैक आप बना सकते हैं अभी आपको कोई ये दुविधा नहीं रहेगी कि कोई बंदा रीसेल में है रीसेल का प्रोडक्ट लेना चाह रहा है और फर्स्ट बाई का प्रोडक्ट उसको पसंद आता है तो कई बार हम उसे दिला नहीं पाते थे अब कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट बाई में रीसेल एड कर लो रीसेल में फर्स्ट बाई एड कर लो इससे क्या होगा इससे कस्टमर की चॉइस का प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो हमारा बढ़ जाएगा और उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो अगर बढ़ेगा तो सेल तो हमारी ऑटोमेटिक बढ़नी ही बढ़नी है, है। यस हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है बहुत दमदार धमाकेदार पॉइंट है कि अब हमारी जो कस्टमर प्रोडक्ट सेलेक्शन के लिए कंपनी ने बहुत ही फ्रेंडली मौका दे दिया है कस्टमर अपनी चॉइस से वैल्यू ऑफ मनी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएगा यह अच्छा हिसाब किताब होगा हमारे ट्रिपल सी प्लान एक अक्टूबर को लॉन्च हुआ था तब से हमें दो ही पे आउट मिले प्लान तो तगड़ा था लेकिन पे आउट दो ही बार हुआ तो दो ही बार हरियाली देखने का मौका मिला अब लेकिन ऐसा नहीं है आपको इंतजार नहीं करना क्योंकि पहले रीसेल के बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम जाते थे तो पेआउट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनता था इसलिए कंपनी उसको दो दो तीन तीन महीने चार चार महीने रोक देती थी अब लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है बल्क में बिजनेस वॉल्यूम जाएगा और आपको इसको कोई डाइवर्ट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को हरी मिर्च करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेशन पर जो सेल जा रही है बात डालते रहो काउंटिंग कंपनी करेगी अपने आप और आपको हर महीने ट्रिपल सी का पेआउउट मिलेगा इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि कुछ लोगों की जैसे रैंक हो जाती है जैसे किसी बंदे ने पहली रैंक हासिल कर ली तो वो थोड़ा कंफर्ट मोड में आ जाता है कि अब इसका पेआउट मिल जाएगा तब मैं दूसरी रैंक के लिए कोशिश करूंगा पे आउट अगर उसको चार महीने में मिला तो फिर क्या होगा वो चार महीने बाद एफर्ट करना शुरू करता है लेकिन इसी महीने अगर पेआउउट मिल गया तो वो अगले महीने से दूसरी रैंक के लिए दौड़ना लोगों की और वैसे भी क्या होता है कि जब लास्ट वीक होता है तब व्यक्ति ज्यादा दम लगाता है अगर तीन महीने में क्लोजिंग रखेंगे तो एक ही वीक में, में, तो में दम लगेगी तो आएगी तो लास्ट वाले वीक में लोग ताकत लगाएंगे और जिनकी एक डीडी दो डीडी से जब रिकॉग्नेशन या रैंक कम रहेगी उसको पूरा करेंगे और चेक मोटे मोटे हर महीने के एंड में आपके बनने वाले बहुत बड़ा फायदा हरियाली हर महीने देखने के लिए मिलेगी अरे झापा हो गया गुरुजी पूरे सातों दरवाजे खोल दिए कंपनी ने। अब फायदा ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब तक लोग बोलते हैं आग लगा लो सीने में रुकना नहीं तब तक लाख ना आए महीने में तो लाख नहीं तो तो दिखते तब तक लोगों की आग शांत नहीं होती अब वो आग जल्दी शांत हो लेगी आपकी दो दो लाख रुपए का चेक डायमंड ही नहीं आपके ओपल और रूबी और एम्बरल नहीं बल्कि मैं बोल रहा हूं टोपाज और आपके कोरल भी दो दो लाख रुपए के चेक हम दिखा पाएंगे दो लाख रुपए का जो घंटा था वो तो जल्दी अभी आपकी आईडी पर दिख जाएगा आप अपनी फोटो के साथ वो पोस्ट कर सकते हैं कि ये मैंने बना दिया भाई दो लाख का चेक क्योंकि इसमें कई सारी इनकम एड हो गई है तो अब दो लाख का चेक बनाना बेहद आसान होगा कैपिंग लेना आसान होगा हम दिखा पाएंगे लोगों को दो लाख और उससे ज्यादा के भी चेक तैयार हो जाओ मदारी के साथ हम बड़ा मीटर तानेंगे इसको लेके और 21वां फायदा जो आपको अब तक ओवरऑल सारे डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि अब रैंक करना बेहद आसान है अब सारे का सारा वॉल्यूम दोनों जगह काउंट हो रहा है तो अब तक रैंक बिल्कुल ऐसे चलती थी पांच की स्पीड पर पांच सौ की स्पीड पर अब धरागढ़ रैंक नहीं दिए कंपनी ने जो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कई लोगों का यह मानना है कि मेरी पहली रैंक में गुरुजी 50 पचास बिजनेस वॉल्यूम कम रह गए तो क्या वो मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा नहीं आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा आप कल के बाद में जो भी सेल डालोगे उसी बैलेंस को कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगी उसके ऊपर से आपकी तो भी, भी पहली में नहीं हो पा रही थी सेकंड नहीं हो पा रही थी अब वो जल्दी से उस सपने को पूरा कर पाएंगे जल्दी से उनकी आईडी पे वो रैंक दिखेगी तो ये खुशी उन्हीं को एहसास हो रहा होगा जिनकी रीसेल में चार बिजुस बोले पांच जा रही थी अब बल्क में तीन सौ पांच एकदम से दिखेंगे तो ये खुशी ज्यादा मिलेगी वो समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी खुशी है यस दोस्तों सारे सारे 21 फायदे हमारी कंपनी ने हम लोगों को दिए हैं हम इनकी बढ़िया तरीके से लोगों को इसके बारे में समझाएं अपनी टीम को समझाए उसका बढ़ चढ़ के प्रमोशन करें और काम पे निकले और दमदार काम करके दिखाएं दमदार अपने सपने पूरे करें दुनिया के महानतम व्यवसाय में हम हैं सेल्स के प्रोफेशन में आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखने का काम सेल्समैन का होता है और वही वाला काम हम लोग कर रहे हैं दुनिया की बड़ी छोटी सब कंपनी सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करती है दुनिया की हर देश की अर्थव्यवस्था किसी सेल्स पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है और हम लोग ऐसे नोवेल प्रोफेशन के अंदर है इसको बढ़ चढ़ के दमदारी के साथ खुशी के साथ हैपीनेस के साथ में इसको करना है जब हम बेचते हैं तो बहुत सारे लोगों के रोजगार चलते हैं ट्रक वाले का रोजगार चलता है जो लॉजिस्टिक के बिजनेस में है ट्रांसपोर्ट वाले का बिजनेस चलता है जब हम बेचते हैं तो कंपनियां चलती हैं फैक्ट्रिया चलती हैं कच्चे माल के काम चलते हैं किसानों का काम चलता है जब हम बेचते हैं तो ओवरऑल न जाने कितने सारे लोगों के फायदे होते हैं हमें समझना है और इसको हमें दमदारी के साथ में करना है ये हम बहुत दमदार प्रोफेशन में है लेकिन एक फाइनली बात ये ध्यान रखनी है इसको भूलना नहीं है इक्कीस फायदे बता दें चाहे इक्कीस सौ फायदे बता दें ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कोई भी जादू तभी काम करेगा अब इसमें सैल डले